कन्या राशि के जातकों नमस्कार स्वागत है नवंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों नवंबर का यह माह आप लोगों के लिए क्या कुछ नई नई सौगातें लेकर के आया है क्या कुछ प्राकृतिक शक्तियां अपने अंदर समेटे हुए हैं इसके साथ साथ दर्शकों इस माह के लिए सबसे ज्यादा आपके लकी डेज कौन कौन से हैं अनलकी डेज कौन कौन से हैं मतलब अनुकूल दिवस और प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं हैं इस माह को आप कैसे प्रभावी बना सकते है? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े पहले बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व यात्रा या ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधान नाम राशि ना चिंत तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों आगे बढ़ें आप लोगों को एक सूचना देने कि वार्षिक राशिफल 2020 कन्या राशि का हमारे चैनल पर बहुत पहले ही फल गया है उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं 16 और 17 नवंबर को मुंबई आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्रों से है आप लोग मिल सकते हैं वहीं तेईस और चौबीस नवम्बर को दिल्ली आ रहे हैं तो जो भी दर्शक दिल्ली से है आप लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी ये जो राशिफल है केवल ग्रहों के आधार पर बनता है तो जी नहीं ये ग्रह के साथ साथ नक्षत्रों की स्थिति भी हर महीने नक्षत्र जो होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो है बनता है राशिफल में सबसे प्रमुख अंग जो होता है ये नक्षत्रों का ही रहता है लेकिन दर्शकों को कई कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती हैं जैसे कि जो है जो राशि चार्ट आएगा इसमें चंद्रमा जो है नहीं दिखा सकते क्योंकि सवा दो दिन में जो है अपनी कक्षा चेंज करता है लेकिन दर्शकों मानक मान करके बनाते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे वास्तविक स्थिति आपके जीवन में क्या चल रही है आपकी जन्म कुंडली में क्या चल रही है इसको दिखा करके आप बिल्कुल एकोरेट बिल्कुल सटीक उपाय प्राप्त कर सकते हैं और सटीक अपनी जो है भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं देखिए ज्योतिष जो होता है ये चक्षु होता है नेत्र होता है तो आप देख सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या घटनाएँ होने वाली है और इसको कैसे कम किया जा सकता है रोका नहीं जा सकता कम किया जा सकता है तो दर्शकों Uh, यदि आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दो तारीख शनिवार दिन रहेगा छठ पूजा रहेगी तीन तारीख को रविवार दिन रहेगा और भानु सप्तमी रहेगा चार तारीख सोमवार दिन रहेगा गोपा रहेगा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 22 तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा उत्पन्ना नामक एकादशी का, का व्रत रहेगा और दर्शकों 24 तारीख रविवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 26 तारीख मंगलवार दिन रहेगा दर्श अमावस्या रहेगी और 30 तारीख को शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी रहेगा तो कन्या राशि के जातको ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कह रही है नवम्बर माह में आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए अब आप इसमें ये देखिए कि सूर्य बुद्ध मंगल जी हाँ सूर्य बुद्ध मंगल सूर्य सूर्य पर के हो आपके हाउस तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और देव 17 17 तारीख को जो है से ले करके 30 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि में संक्रमण करेंगे हमने वृश्चिक संक्रांति के बारे में बताया था ना तो ये वही संक्रांति रहेगी आपके पराक्रम के घर में पहुंच जाएंगे तेरह नवंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेगा तथा वक्री बुद्ध सत्रह नवंबर को मार्गी होकर तुला राशि में भ्रमण करेंगे देवगुरु बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट हुआ है जो हंस महापुरुष नामक राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में अब समझिए बन गया है तो जो कुछ दिक्कतें आ रही थी परेशानी आ रही थी आप लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए वो सब परेशानियां आपकी जाने वाली हैं इसके साथ साथ दर्शकों राहु मिथुन राशि में संचर कर रहे हैं केतु शनि गुरु ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं तो इन्हीं गृह गोचर स्थिति पर जो है हमने राशिफल तैयार किया है इन ग्रहों की स्थिति क्या कुछ आप लोगों के लिए सकारात्मक क्या कुछ नकारात्मक लेकर के आई है इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए ये माह जो रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु का परिवर्तन हुआ है गुरु आपके सुख के घर में आए हैं देखिए जो फोर्थ हाउस होता है ये आपकी माता का होता है ये आपके वाहन सुख का होता है मकान सुख का होता है भूमि का भवन का होता है तो कई चीज़ों को ये अपने आप में फोर्थ हाउस समेटे हुए हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ले करके आएंगे काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे धन कमाएंगे लेकिन धन कमाने के में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है वित्तीय लेन देन करते समय काफ़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ये आपके संचित धन का होता है सूर्य यहाँ पर नीच के हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वित्तीय लेन करते समय सावधानी बरतीए और उन लोगों को पहचाने जो आपसे पैसा लेने के बाद आपको वापस नहीं करते हैं इस माह डर सनका और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये विचार उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं आर्थिक पक्ष हमने आपको बताया कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद ये जो आपका सेकंड हाउस होता है ये आपकी वाड़ी का होता है तो कार्य में आपकी वाड़ी ऐसी करा देगा कि आसपास के जो आपके सहकर्मी हैं उनसे आपका बात विवाद करवा देगा व्यापार में अप डाउन ये करवाएगा इसके साथ साथ जो सकारात्मक माहौल एक नौकरी में मिलना चाहिए वो कन्या राशि के जात को आप लोगों को नहीं मिल पाएगा नौकरी करने वाले लोगों के यहाँ संयम बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आपके कोई नए प्रेम संबंध भी देखिए इसमें स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों को कोई आपको ससुराल पक्ष से पैतृक संपत्ति प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है धन आगमन में जो बाधा आ रही है ये आपकी सत्रह तारीख के बाद से दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है रोजी रोजगार तथा कार्यालय की उलझनें आपकी सत्रह तारीख के बाद से समाप्त हो जाएंगी व्यवसायिक लाभ मिलेगा आपके परिश्रम में सूर्य देव का जब ये परिवर्तन होगा ये जब मंगल के घर में जाएंगे सेनापति के घर में जाएंगे सूर्य तो समझ लीजिए कि आपके पराक्रम में पृथ्वी होगी एक से सत्रह तक आपको पराक्रम दबा रहेगा वो आपको कोई जो है आप चाहे जितनी रेमिडीज कर लीजिए नहीं कोई अफ्स कर पाएगा लेकिन सत्रह तारीख को जैसे ही वृश्चिक संक्रांति होगी अचानक से आपके अंदर बल आएगा जैसे हनुमान जी को श्राप दे दिया गया था ऋषियों ने कि आप अपनी ताकत को भूल जाएंगे तो अभी आप अपनी ताकत को भूले हुए हैं अभी आपको कोई कुछ बोल के चला जाता है आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन सत्रह के बाद से ये चीजें नहीं रहेंगी आपके मान सम्मान में जो हानि आई थी ये आपको प्राप्त होगी वापस ये जो हानि आई थी जिसकी वजह से आई थी उनका नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा शासकीय सहायता प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आ रही थी ये दूर होगी स्थान परिवर्तन का योग दर्शकों देखिए दिखाई पड़ रहा है वही कोई छोटी मोटी दुर्घटना से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है जो कुंडली का अष्टम स्थान होता है ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी होता है केतु तो यहाँ बैठ कर के पंचम दृष्टि देखिए अष्टम भाव को दे रहे हैं तो कुछ आपको यहाँ पर दुर्घटनाओं से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं और दूसरी बात कि जो बुध और मंगल यहाँ पर हैं अष्टमेश जो आपके बुध बनते हैं द्वितीय भाव में आ गए हैं तो चोट चपेट इत्यादि आपको लग सकती है तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी वहीं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस माह आप अपने वाक्य चातुर्य के कारण कई चीजों को प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तमाम सुख के चीजें आप क्रय करते हुए नजर आएंगे लेकिन दर्शकों एक बात बताते हैं कि इस माह यदि कोई आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो उसके पेपर वर्क को अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा अन्यथा आप जालसाजी के शिकार भी हो सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी चले आ रहे जो आपके रोग थे ये दूर होंगे और किसी नए स्थान पर कार्यभार संभालने का अवसर आपको प्राप्त होगा स्वभाव में जिद तथा अहम का अपने त्याग कर दीजिएगा का त्याग करिएगा कार्यों में सफलता अपने सद्व्यवहार से प्राप्त होती है दर्शकों। शरीर तथा मन आपका इस माह प्रफुल्लित रहेगा काफी कुछ चीजें ये माह अपने अंदर समेटे हुए हैं दर्शकों कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग सत्रह तारीख के बाद से आपको बहुत अच्छा मिलेगा आप लोग देखिएगा इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस माह आपको कोई वाहन इत्यादि क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो भोग बिलासता की चीजें हैं इन, इन पर भी आपका पैसा अधिक खर्च होगा तो ये तो था दर्शकों देखिए नवंबर माह कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा अब इस माह के लिए सबसे अनुकूल दिवस आपके लिए कौन कौन से है जिनको हम लकी डे भी बोलते हैं तो सबसे अनुकूल दिवस आपके लिए तीन तारीख है पाँच तारीख है आठ तारीख है दस तारीख है पंद्रह तारीख है सत्रह तारीख है उन्नीस तारीख है बाईस तारीख है छब्बीस तारीख है तीस तारीख है ये सर्वाधिक अनुकूल दिवस आपके लिए रहेंगे प्रतिकूल दिवस की यदि दिव हम बात करें तो चार तारीख सात तारीख नौ तारीख तेरह तारीख सोलह तारीख चौबीस तारीख उनतीस तारीख और अट्ठाईस तारीख तो ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे इनमें आपको बचना रहेगा कोशिश कीजिएगा कोई भी नया काम प्रतिकूल दिवसों में मत करिए उपाय पर बात है कि इस माह को प्रभावी आप कैसे बनाएं लेकिन दर्शकों पुनः वार्षिक राशिफल आप लोगों का पढ़ गया आप लोग जाकर के देख सकते हैं 16-17 तारीख को मुंबई में रहेंगे 23-24 तारीख को दिल्ली में रहेंगे और दर्शकों अगर अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं उपाय की बात करें तो देखिए सूर्यदेव नीच के हैं तो सूर्यदेव को आपको डेली अर्घ देना रहेगा प्रतिदिन अर्घ देना रहेगा कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को अर्घ नहीं देना चाहिए अरे ये क्या मतलब मूर्खता है शनिवार को सूर्य देव निकलते नहीं हैं तो प्रतिदिन सूर्य देव को आपको अर्घ देना है आदित्य हृदय का पाठ करना कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले कुछ आपको मीठा खा करके तब निकलना रहेगा इस माह कोशिश कीजिएगा यदि आप पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो पूर्व दिशा की ओर पैर करके बिल्कुल भी मत सोईगा बहुत दोष आपको लगेगा इसके साथ साथ दर्शकों चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा जब जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएंगे जब-जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में आएंगे जब जब चंद्रमा बुद्ध के प्रभाव में आएंगे तब तब आपको पीड़ा देंगे कर्म के क्षेत्र में राहु के साथ आएंगे तो उच्च अधिकारियों से बात विवाद करा देंगे आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा देंगे आपका तबादला करवा देंगे स्थानांतरण करवा देंगे बिजनेस पार्टनर से आपको जो है चीटिंग दिला देंगे जब जब यहाँ शनि के साथ सुख के घर में आएंगे माता को कष्ट दे देंगे कोई आप अच्छा काम करने जा रहे हैं उसमें अड़ंगा लगा देंगे कोई भोगविलासता की सामग्री आप क्रय करने जा रहे हैं उसमें वो आपकी गड़बड़ कर देंगे जब जब बुद्ध के साथ आएंगे आस पड़ोसियों के साथ ससुराल पक्ष के साथ कुटुम्ब वालों के साथ आपकी वाड़ी में दोष लगा देंगे जड़ दोष बनाते हैं बुद्ध के साथ तो देखिए इन चीजों से बचना रहेगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ नए हैं तो प्लीज पुनः आग्रह है आप लोगों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार